वर्तमान सरकार के आर एस एस के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके प्रधानमंत्री बनने वाला नरेंद्र मोदी और इसके समर्थकों हम भारत के लोगों को एकदम से लुल समझता है हमेशा बेवकूफ़ बना देता है ये लोग सोचते हैं कि हम जो बताएंगे ये भारत के लोग उसे सच मान लेंगे ऐसा उनके भक्त कर सकते हैं हम भारत के नागरिक नहीं करेंगे नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के फायदे और नुकसान और उसके बढ़ते दामों पर उठ रहे अफवाहों पर तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से अफवाह के रूप में सुनने को मिल रहा है कुछ लोग हमें सीधे तौर पर लोगों को समझाते फिर रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उससे देश को आर्थिक विकास में मदद मिल रहा है मोदी सरकार इसलिए तेल का दाम बढ़ा रही है कि भारत में अधिक संपदा जमा हो और वह संपदा गरीब लोगों के उत्थान में काम आए वर्तमान सरकार के समर्थकों आर एस एस के स्कूल में पढ़ा है इसलिए इन लोगों को ऐसा ऐसा सोचता है हम नेहरू गांधी अम्बेडकर के स्कूल में पढ़े हैं इसीलिए इनसे भी निराय रखते हैं मेरा मानना है कि देश के आम नागरिक के क्रय शक्ति क्षमता से अधिक दाम रखते हैं तो नागरिक उस वस्तु को खरीदना कम कर देता है इसके लिए वह अपने विकास के रफ्तार को धीमा होने की चिंता नहीं करता सीधे तौर पर उस वस्तु को कम खरीदेगा और कटौती करना शुरू कर देता है जिस प्रकार से वर्तमान सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है जो आम लोगों के क्रय शक्ति के बाहर हो गया है फलतः आम लोग तेल खरीदना कम कर देंगे इससे ये होगा कि लोगों की गति कम हो जाएगी जब लोगों की गति कम होगा तो लोगों का आमदनी भी कम हो जाएगा अब सवाल खड़ा होता है कि जब लोगों की आमदनी कम हो जाएगा तब देश धनवान कैसे होगा देश को आर्थिक फायदा कैसे होगा इसलिए साफ हो जाता है कि तेल के दाम बढ़ने से देश की तरक्की नहीं हो सकती देश का आर्थिक गति कम होगा क्योंकि काम करने वाले लोगों की गति कम हो गया है यह मेरा मानना है इस तर्क को मानने के लिए आप वाद नहीं है। आप हैं आप स्वतंत्र हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि तेल के दाम बढ़ने से देश तरक्की कर रहा है तो ये आपकी स्वतंत्रता है आप मान सकते हैं लेकिन हम इस सोच को गलत मानते हैं या आर्थिक तबाही का कारण बन सकता है यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद